सोगाइ so क्या आप लोग को पता है कि सबसे ज़्यादा एक्टिव यूजर्स किसके हैं क्या यूट्यूब है, के सबसे ज़्यादा एक्टिव यूज़र हैं कि फेसबुक के सबसे ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स हैं अगर आपको नहीं पता है तो फाइनली इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि यूट्यूब के सबसे ज़्यादा एक्टिव यूजर है कि फैक्ट के सबसे ज़्यादा एक्टिव यूजर्स है तो भाई फाइनली इस वीडियो में आपको ये क्लियर करने वाला हूँ कि यूट्यूब के एक्टिव ज़्यादा यूजर्स हैं कि फेसबुक के सोगाइ so यूट्यूब के एक्टिव यूज़र हैं टू बिलियन और फेसबुक और फेसबुक के एक्टिव यूजर 2.95 बिलियन फाइनली फेसबुक